बढ़िया तो बताऊँ हाल अपने यार यार यार यार तो तो जब से मैं भूला ना सपने के के सपने आ इतने तो बहरे के बहरे के सपने आ रहे रहे हैं हैं लेट लेट लेट को और के इतने दो थोड़ा स्कूल चलते तैयार है ना। जुर जुर दिल। चलो, दिली चलो, दिली चलो। तो भी नहीं चल, चल। जा चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो आज के भाई के? यार यार तो। तो मारा मारा तो। या भाई यार मैडम मैडम मार मार तो ओ ये आ गया स्कूल घुसगी अंदर तो कोई मास्टर नहीं चार मिनट में आ तब भेजी आठ गुरु जी मारेंगे जल्दी पहुंचे जल्दी आठ गुरु जी मारेंगे गुरु जी गुरु जी मारेंगे आइए मिश्रा आइए मिश्रा बाहर यहां पर एडमिशन ये टू सब आते में बैठ जाइए बात में क्या करेंगे अच्छे से लाइन में बैठ जाइए तू ना दो बैठ कर हम जीरो बैठ जा गुरु जी की वास आप जो रहे हो उसको बहुत सही है भाई? जी ऐसे हैं, जागरूक करा हैं। आराम आराम से वीडियो वीडियो चाहो। ओके सो। हो गया चीज़ ये पीछे वाली भाई यार नींद आ रही आज बात चल अच्छा सोनी चल रहे बोला भाई यार मुह तो है नींद अब मैं सोने जा रहा हूँ तू कहा कहना है जाके जा क्लास चलिए जा भाई मैंने यार क्लास क्लास में मूवी नहीं, नहीं मैं भी सोऊंगा चल ना यार मैं सोऊंगा पहले ना दोनों चल खाली क्लास है बोला, बोला, रात है है, रात रात नहीं, ये <S 6 :2> अरे ना यार, तो स्कूल में सो रहे हैं हम तो स्कूल में स्कूल तो में हाँ स्कूल में घर चलेंगे, घर आराम से लेटेंगे, आगे और सुबह सुबह घर चलेंगे घर आराम से लेटेंगे, तो अच्छा आएंगे चलो चलो चलो टॉर्टेक्स टॉर्टेक्स कहाँ रहवाे हैं? भूती तो हैं? थोड़ी क्वालिटी से, दर्द क्वालिटी से। Oh my god! बोला हो यहाँ से चल ले लेकर नौ डंडा-पंडा से कूद गया चल। खड़ों, खड़ों, खड़ों। माना अंजान है तू मेरे बात से। तू तो कहाँ जा रहो? दिल्ली। बहुत दम है यार बाद में ना बम्ब है बम्ब बगा दिए बना दिए हमारे पास में दम है दम अच्छी करो यार पच्चीस ये बहुत ज्यादा जल्दी भाई तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करियो ज्यादा से लाइक करियो भाई तुम वीडियो देख लेते तो सब्सक्राइब नहीं करो शेयर करना कमेंट करना अच्छी लगे ज्यादा ज्यादा लाइक भी करना